हमने मीशो तो से मंगाए हैं सेल्फी स्टिक तो गाइज चलो जल्द जल्दी से अनबॉक्सिंग कर दो उसे सिर्फ अपने को दो रुपए में उन्नीस सौ रुपये में तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो गाइज बहुत बढ़िया